चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है और आवारा सियासत के खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा वरना ताज की चौकट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है